जो जिस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं वह हमारा भौतिक शरीर और चित्त चित्त को कुछ लोग आत्मा भी कहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस नाम से संबोधित करता है भौतिक शरीर जो माँ बाप के द्वारा प्राप्त होता है और शरीर में विद्यमान ऊर्जा जिसके होने मात्र से लोग अपने आप को जीवित हुआ मानते हैं इस संदर्भ में हमें चिर परिचित मान्यताओं से ऊपर उठना ही होगा क्योंकि ये हमारे सामाजिक जीवन राजनीतिक जीवन शैक्षिक जीवन आर्थिक जीवन आदि को प्रभावित कर रहा है इस संदर्भ में आगे कहूँ तो भौतिक शरीर के साथ माता पिता का नाम और पद प्रतिष्ठा का प्रभाव रहता है कोई माने या ना माने जब कोई व्यक्ति अपने परिश्रम से अपनी स्वयं की पहचान बना लेता है तब भौतिक शरीर की पहचान स्वयं से की जाती है माता पिता से नहीं ये एक सामान्य बात है और जिसको सभी आसानी से स्वीकार कर स्वीकार करने में कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मनुष्य के चित्त पर ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रभाव रहता है जो कि ग्रह नक्षत्रों से निकलने वाली रश्मिया है। कोई माने या ना माने भारतीय ज्योतिष विज्ञान में इस बात पर बहुत लंबे समय तक शोध कार्य हुआ जिस पर आधारित ज्योतिष विज्ञान की रचना की गई वो बात अलग है कि कुछ लोगों ने इसमें आइडम्बर जोड़ दिए मैं इसकी चर्चा फिर किसी समय करूंगा जो मुख्य विषय है उस पर फिर लौटते हैं ध्यान साधना से जब कोई व्यक्ति अपने मन और चित्त को बस में कर लेता है तब ब्रह्मांड की इन शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है जो किसी ग्रह नक्षत्र से आने वाली रश्मिया होती हैं भगवान बुद्ध ने इस पर शोध किया और उस शोध को हम सभी तक पहुंचाया लोगों ने इसकी अपनी अपने आधार पर व्याख्या की है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान बुद्ध का साहित्य भारत से नष्ट कर दिया गया भगवान बुद्ध ने धन साधना पर इसलिए जोर दिया ताकि ब्रह्मांड की इन शक्तियों से मुक्त हुआ जा सके अर्थात चित्त को अन्य ब्रह्मांड की शक्तियों के नियंत्रण से स्वयं को मुक्त किया जा सके भगवान बुद्ध ने इसी बात को अपदीपोभ कहकर मार्गदर्शन दिया है भगवान बुद्ध के पश्चात नैतिक शास्त्र शास्त्र के शिक्षकों ने भगवान बुद्ध के वचनों की व्याख्या नैतिक शास्त्र तक ही की है क्योंकि तो ध्यान साधना का उनको पता नहीं था नैतिक शास्त्र के जानकारों ने भगवान बुद्ध की सभी शिक्षाओं का अर्थ नैतिक शास्त्र के अनुसार ही निकाला चाहे वह हर अष्टांगिक मार्ग हो या अप का का जिस प्रकार किसी विद्या विद्या जानकार उस के संबंध में दूसरों के कहने पर कार्य नहीं करता ठीक किसी प्रकार जब चित्त स्वयं की ऊर्जा से चलने लगता है अर्थात चित्त पर स्वयं का नियंत्रण हो जाता है तो वह ब्रह्मांड की शक्तियों के बताए मार्ग पर चलने को बाध्य नहीं होता धैन की गहराइयों में जाकर कोई भी व्यक्ति इसकी अनुभूति कर सकता है भगवान बुद्ध के सिद्धांतों में यही पश्चिको आओ और देखो का यही अर्थ है ज्योतिष विज्ञान का महत्व उन व्यक्तियों के लिए सदैव बना रहेगा जो ध्यान साधना नहीं करते और कुछ लोभी लालची पंडो पुजारियों द्वारा उनको लूटा खसोटा भी जाता रहेगा भगवान बुद्ध के अपदीपोभवों का अर्थ यही है धन साधना के माध्यम से अपने चित्त पर नियंत्रण करना उसको स्वयं की इच्छा से संचालित करना इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बाई को विराम देता हूँ आ... नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सबुद्धस्